आज वेलकम टू माय ट्यूटोरियल तो कैसे हैं आप लोग कुछ इस तरीके फोटो एडिट कैसे करते हैं चलो वीडियो कर देते स्टार्ट चैनल में सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक शेयर पे क्लिक करेंगे लाइट रूम में शेयर कर देंगे तोडिंग के लिए आप लाइट रूम को ओपन करेंगे लाइट रूम को ओपन करेंगे यहां से ऑल फोटो में जाएंगे ऑल फोटो जाने के बाद इस फोटो पे क्लिक कर लेंगे इस सन वाले टूल में जाएंगे सन वाले टूल में जाएंगे यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ाएंगे आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रेस को थोड़ा बढ़ाएंगे हाईलाइट को थोड़ा कम करेंगे वाइट को माइनस कर देंगे, टेम्परेचर वाले ऑप्शन में जाएंगे यहाँ से मिक्सर वाले टूल में चले जाएंगे मिक्सर वाले टूल में जाने के बाद येलो कलर टूलेंगे हंड्रेड कर देंगे इसको माइनस स्कोर को कर देंगे और इसको भी थोड़ा नु। कम कर देंगे इसको बढ़ा देंगे कम कर देंगे सिचुएशन कम कम कर देंगे। कर देंगे, देंगे, यहाँ से डन कर देंगे करने वाला तो टाइम को थोड़ा बढ़ाएंगे सिचुएशन को थोड़ा बढ़ा देंगे हम यहां से इस पहले ऑप्शन सामने जाएंगे और टेस्टर को थोड़ा बढ़ाएंगे क्लैरिटी को वाइब्रेशन को थोड़ा कम करेंगे यहां से ऊपर यहाँ से कलर नोच कर देंगे और स्मूथनेस को कर देंगे यहां से दोनों को ऑन कर देंगे फोटो को सेव कर देंगे कर कर देंगे, देंगे, देंगे, पैक कर देंगे। ट्रीट कर देंगे। फिर गैलरी में जाएंगे, फोटो, फोटो को शेयर कर लेंगे लाइट रूम के अंदर लाइट रूम को ओपन करेंगे से इस फोटो को एड कर लेंगे अब इस वाले ऊपर करेंगे और सन वाले ऑप्शन में चले जाएँगे एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा कम करेंगे कॉन्ट्रेस को थोड़ा बढ़ाएंगे हाईलेट को कम कर देंगे साइडो को थोड़ा माइनस स्कोर करेंगे वाइट को कम करेंगे और फिर टेंपरेचर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे मिक्सर में मिक्सर में मिक्सर में क्लिक करेंगे मिक्सर में मिक्सर में क्लिक करेंगे फिर येलो कलर में क्लिक करेंगे उसको माइनस कूर कर देंगे माइनस हंड्रेड कर देंगे सिचुएसन थोड़ा कम कर देंगे और अब रेड वाले रेड वाले कलर में जाएंगे इसको माइनस कूर कर देना आप अपने हिसाब से कर ले चेर जैसे अच्छा लगने लग, लग और फिर <coughs> ग्रीन वाले में चले जाएंगे उसको भी माइनस कर देंगे माइनस हंड्रेड इसको भी बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा कम कर देंगे कपड़े में चमका दें इसको हाईलाइट कर देंगे अब यहाँ डन कर लेते हैं और टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाएँगे को थोड़ा बढ़ाएंगे फिर ऊपर की करेंगे इसको टेस्टर को थोड़ा बढ़ाएंगे और कलरिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे, वाइब्रेस को कम करेंगे फिर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, स्मूथनेस को फुल कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे इसमें सेव टू डिवाइस में क्लिक करेंगे फाइनली सेव हो चुकी है अब इस फोटो को अब इस फोटो को पिक्साट के अंदर शेयर करेंगे के अंदर शेयर करेंगे पिकसठ ओपन होगा थोड़ी देर में पिक्साट ओपन होने के बाद टूल वाले ऑप्शन में जाएंगे टूल वाले ऑप्शन में जाएंगे एडजस्टमेंट में क्लिक करेंगे यहाँ से क्लिक करेंगे को फुल कर देंगे इरेजर में क्लिक करेंगे जन में क्लिक करेंगे इस बैकग्राउंड में क्लिक कर देंगे थोड़ा लोडिंग लेगा तो, अब सही के निशान में क्लिक कर देंगे फिर सही के निशान में क्लिक कर देंगे फिर इस तो तो, वाले इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहां से बिलर वाले ऑप्शन को चुन लेंगे फिर यहां से वाले लैंड बिलर को एड कर लेंगे आप अपने साथ कर लेना। हम यहां से में जाएंगे। रेजर में यहां से बैकग्राउंड बैकग्राउंड कर देंगे।, बैक में कर देंगे। बैक में क्लिक करने के बाद जूम करेंगे फिर इरेजर में ऑप्शन वाला क्लिक कर लेंगे और स्कूल से इरेजर कर लेते हैं जो वीडियो लंबा ना हो इसके साइज को हाइडनेस को बढ़ा देंगे साइज को अपने अपने हिसाब से रखना चलो जल्दी से कर लेते हैं इस वाले शेप्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे इसको नीचे की ओर ले मिल जाएंगे फिर इरेजर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे इसको इरेज करेंगे जल्दी से चलो इरेजर कर लेते हैं पीडियो को लंबा एंड इसको चेहरे छोड़ा एडिजट कर देंगे अब यहाँ से कर लेते हैं डन में, फिर डन कर देंगे फिर ऊपर से ऊपर क्ल करेंगे यहाँ से ड्रॉ में क्लिक करेंगे फिर ड्रॉ में क्लिक करेंगे फिर यहाँ से थ्री डॉट में क्लिक कर देंगे फिर इसको सेव इमेज क्लिक कर देंगे फोटो सेव हो चुकी है फोटो कुछ इस तरह बनी है देखिए बिल्कुल सी भी एडिटिंग लग रही है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना चैनल में